क्या खूबसूरत सोच है जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन वे तो हमारे घमंड ताकत या व्यवहार से बनते हैं जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुककर कर जियो तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊपर पागेगा दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं, दिल से लिखी बातन दिल को छुझाती है कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर